आवाज आई बेटा जब तेरे दिन अच्छे थे मैं तेरे साथ चलता था पैरों के चार निशान बनते थे जब तेरे दिन अच्छे थे मैं तेरे साथ चलता था पैरों के चार निशान बनते थे तेरे दिन बुरे हैं तेरी औकात नहीं है कि तू अपने पैरों पे चल सके तू मेरी गोद में बैठा है ये दो पैर के निशान मेरे हैं तेरे नहीं है